ख्वाजा कुबन मुख्तियार का अल तस्वुफ का एक बहुत बड़ा नाम है कि जब मक्तब में माँ पढ़ने के लिए भेजा तो उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ो अलहमदुल्ला तो बेटे ने पहला पारा जुबानी सुनाती कहा बेटा पढ़ो तो बेटे ने दूसरा पारा भी सुना दिया। कहा बेटा तिल करफाबाद तो बेटे ने तीसरा पारा भी जुबानी सुना दी यहां तक के एक नशिस्त में बैठकर बेटे ने पहले चौदह पारे अपने उस्ताद को हरफ ब जुबानी सुना दी उसद हैरत जदा हुआ और कहने लगा बेटा कि तलफ ठीक है लहजा खूबसूरत है मंजिल याद है तो जिस मकतब से आपने चौदह पढ़े हैं तो अगले सोलह भी वहां से पढ़ लेते तो बच्चे ने कहा कि उस्ताद जी ये चौदह मैंने किसी मदरसा से नहीं पढ़े असल बात ये है कि मेरी माँ चौदह पारों की हाफिजा थी और ये चौदह मैंने माँ की गोद में याद की माँ कुरान से जुड़ी हो तो बेटे को मदरसे में जाकर याद नहीं करना पड़ता माँ की गोद से कुरान याद कर देता है। तो ये वो नूर है जो रिस के हलाल का जो इंसान खाता है उसके असरा जरूर मुरतब होते तो हमें इस बात का एहतमाम करना होगा कि सौ फीसद खालिस्त हलाल रिस्क अपनी औलाद को खिलाए कोई कंप्रोमाइज ना इस बात पे करें। और आप अगर इसका एहतमाम कर लेते हैं तो आपको मुबारक हो अल्लाह आपकी औलाद को हमेशा दीन की राहों पे रखे अगर कहीं हालात में ऐसा हो भी गया कि वो रस्ते से डी ट्रैक हो गए तो रिस्क के हलाल के अंदर इतनी ताकत होगी और फिर दोबारा खेच कर इसको राह रास्ते में ले आएगा क्योंकि जिनका पेट हलाल के लुकमों से पला हो वो वफादार लोग होते हैं और वो बेवफाई नहीं